में जाके कनेक्शन एंड शेयरिंग पे जाएंगे और मैं इसका एयरप्लेन मोड ऑन कर लेता हूं इंटरनल लिख के आप सर्च करेंगे स्टोरेज पर जाएंगे ऑप्शन है इंटरनल स्टोरेज अगर आप सिम वन से नेट चलाते हैं तो आप फोन वन पे जाएंगे अदरवाइज आप फोन इंफॉर्मेशन टू पर जाएंगे ऑप्शन है आपका मोबाइल रेडियो पावर आपको ऑन करना है अभी आप फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आप देखेंगे इंटरनेट की स्पीड शो ऑफ होने लगी